ऑल इंडिया मजलिस इतिहाद उल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुंबई से पूर्व विधायक पठान का इंदौर में मुकाला किया गया। खजराना दरगाह पर चादर चढ़ाने गए पठान के मुंह पर आरोप नामक युवक ने मुंह पर काली पोत कर उनका मुंह कर दिया एआईएमआईएम के नेता बारिस पठान ने पिछले साल उन्नीस फरवरी को नागरिकता कानून सी के खिलाफ एक रैली में कहा था की यह समय आ गया है कि हम एकजुट हो जाएं और आजादी लें। याद रखें हम पंद्रह करोड़ ही सौ करोड़ लोगों पर भारी पड़ सकते हैं तब है। दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे तो एक युवक ने वारिस पठान के मुंह पर काली सियाई पोत दी काले पोतने वाला युवक वारिस पठान के मुंह काला करके मौके से भाग निकला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 आपके हाथ आप देख रहे हैं दखल न्यूज